गुरूर है अपने जमीर पर कसूर होता तो अकड़ते ही क्यों अजी गलती होती तो गर्दन कटवा लेते कसूर होता तो अकड़ते ही क्यों और वो पूछती है छोड़ोगे तो नहीं अजी छोड़ना होता तो पकड़ते ही क्यों